Bike Rush, we are, are back with another episode. Valorant gameplay video ए और बॉलोरेंट खेल रहा था मैं आज दिन भर बॉलोरेंट खेला मैंने तो ये मेरी कुछ अच्छी वाली और अच्छा वाला गेम ने इसको ही डालने की कोशिश कर रहे हैं चाह और इसमें देखो यार कितने अलग अलग इफेक्ट हैं और हम लोग कितनी सारी में मतलब जीते हैं या हारते हैं ये तो तुम लोग पूरे वीडियो देखोगे जब भी तुम लोगों को पता चलेगा उसमें हम लोगों ने इतना टट्टी लेवल का कह के कह नहीं सकते इसलिए उसको छोड़ो गेम प्ले को देखो नाइफ ऑलवेज नाइफ जब हाथ में चाकू हो ना तो अलग ही स्टाइल उठाए पिस्टल बदलने में याद मिकल क्या बोल रहे हैं उसके बाद यह अलग अलग ग्रीन एंड पावर बारिश हुई जिसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए आखिर क्या ही कहता है उसके बाद में मैं तो मर गया क्योंकि यार इतना एकदम वार्मअप नहीं हो पाते वो होते हैं ना वॉम अप तो मैंने सबर रखा क्योंकि सबुर सा होता है लेकिन मैं बाहुबली बन जाऊँगा ये सबर की वो जो मेरे गैंग मेंबर हैं वो भी मरने लगे उनमें से एक आदि कोई ऐसा प्लेयर होगा जो खेल रहा था बाद में था गॉन हो गए पहले जो बैटल मैच हुआ था उसमें हम लोग जीत चुके थे तो मुझे फिक्र नहीं थी कि हारेंगे या जीतेंगे क्योंकि पहले हम लोग जीत गए थे उसके बाद स्नाइकर शॉर्ट गन मिला शॉर्ट मिलने के बाद भी मैं इतना बेकार क्वालिटी में खेला कि कह ही नहीं सकता वीडियो को तो लोग यही छोड़ जाओगे इसलिए छोड़ो टीम मेंबर से मिलाता हूँ ये टीम मेंबर मेरे कुछ ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे तो इनका गेम प्ले मैंने कॉपी किया और उसमें वॉइस ओवर करने लगा और क्या ही करता आखिर यहाँ पे हमें डिफ्यूजिंग भी करना भी। था प्लांट को जो बॉम्ब लगा हुआ है उसको डिफ्यूजिंग कर रही है हमारे टीम मेबर तो दूसरा बैटल ग्राउंड और तीसरा बैटल ग्राउंड जीत चुके थे और जो आखिरी बैटल ग्राउंड चल रहा था भैया वो पूछा मत कैसा चल रहा था को को उसके बाद मैंने से ले ली गन गन का मैंने दिमाग में नहीं रख पाया क्या है इस गन का नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे नाइफ लिया नाइफ जरूरी था लेकिन नाइफ का था यार नाइफ से उग गए हम लोग मन भर गया नाइफ से उसके बाद गन ली नाइफ ली गन नाइफ गन लाइफ इसका डांस है प्रोमो इतना हाई लेवल का हमने ग्राफिक कर लिया इसमें ग्राफिक नहीं मतलब जो एक्शन है वो ग्राफिक कर दिया उसके बाद बंद करने लगा लेकिन मुझे जब भी दिख गया यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एनिमीज है उसने मुझ पर ग्रेनेड स्प्रेमारी दी जिसका असर हो गया मेरे पे और मेरी जो मतलब हीट हेल्थ है वो डिग चीज होने लगी उसके बाद मैंने एक बंदूक पे ही लगाना जरूरी है ना बंदूक के आखिर कैसे लड़ सकते हैं हम उसके बाद क्या ही करता मैं और जहाँ मैंने एनिमी देखा और दोबारा जाने लगा बहुत जरूरी है आखिर लड़ना भी दो को मार दिया एक अकेला बचाता और इसकौण, इसकौण, वन चार वन बार और और मैं इतना था मत, मत, मत, मत आखिरी जो मशीन गन मिली मिल गई मुझे और मैंने मूर्ति तोड़ दिया गोली छल्ला छल्ला कर दिया उसके बाद चाकू लेके फिर मैं एक्शन प्रोमो कर गया और क्या ही करता मैं उसके बात के बाद मैंने फिर मशीन गन ले ली मशीन गन इज ऑलवेज मशीन गन इससे मैं जो एक्शन करने वाला हूँ ना एंड में तुम लोग देखते रह जाओगे और लाइक और सब्सक्राइब से तुम लोग मारोगे यार ये कोई चार्ज जो पावर हमारी हीलिंग के लिए पीछे लाइट जल रही थी उससे हीलिंग हो जाते हैं हम और क्या ही कहता आखिर मैं यहाँ से स्पीड रन हमने ऑल ओ कर दिया तो किया जल्दी जल्दी चलो यार टाइम ओवर हो जाएगा पब्लिक बोर हो जाएगी मेरी 118 पब्लिक बोर हो तो जाएगी यहाँ ग्रेनाइट आए ग्रेन मेरे पास ग्रेन नाइट नहीं है कैरेक्टर मेरा अभी बहुत वन वाला कैरेक्टर है हो गया। इसी बात पे तुम लोग सब्सक्राइब कर दो ऐसा ऐसा नहीं करता जब मैं लास्ट में और हो गया हम लोग ये वाला मैच वीडियो पसंद तो लाइक करो ना ये चैनल पे सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अब इस